छोटी सी पाठशाला में काम बड़े होते थे कुछ बच्चे समझ समझ कर पढ़ते थे और कुछ रूथ होते थे हिंदी का पीरियड था पढ़ाने आई थी मिस बेस्ट, और आते ही लिख दिया आज की क्लास का विषय विशिष्ट जिसका मतलब वो जिस जिसपे लागू ना हो सामान्य नियम एक्सक्यूज मिस कोई एग्जांपल देंगे प्लीज हमारे देश के सैनिक जन एस एटीन उन पर न लागू वो नियम सामान्य वोटर करते पालन पर उनके लिए अलग क्या है मिस वो कर सकते हैं किसी को नामांकित अपने बदले वोट देने को या पोस्ट से भेज सकते हैं अपना वोट चुनाव में हिस्सा लेने को यही नहीं एक चीज नहीं है वो भी जरा ध्यान ऐसी सुन ले अब बैलेट पेपर उन्हें मिलेगा इलेक्ट्रॉनिकली फिर वो अपना विकल्प चुन ले देश जिनके होने से सुरक्षित है वो सर्विस वोटर होने से ना। याद ऐसी चुके न्योहार एक भी वोटर छूटे ना सर्विस लॉग ऑन टू सर्विस वोटर और कॉल वोटर हेल्पलाइन 1950